मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में पद वृद्धि को लेकर नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन ने प्रदर्शन किया यूनियन की मांग है कि शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हैं पद वृद्धि कर इक्यावन हजार पद भरे जाएं और पदों का वर्गीकरण न्याय संगत रोस्टर के साथ हो यूथ यूनियन ने चेतावनी दी है की अगर एक माह में उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे इस दौरान बेरोजगार युवाओं का दर्द उनकी आंखों में देखने को मिला मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर अब युवाओं में गुस्सा फूटने लगा है के साथ प्रदर्शन कर रही ये युवतियां प्राथमिक शिक्षक में भर्ती की मांग के साथ विसंगतियों पर भी सवाल उठा रही हैं युवतियां अपने परिवार को छोड़कर रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। तस्वीरों में दिख रहे युवा रोजगार चाहते हैं युवाओं के चेहरे पर उनकी परेशानी साफ तौर पर झलक रही है बेरोजगारी के चलते युवक मानसिक परेशानियां भी झेल रहे हैं इन प्रदर्शनकारी युवाओं ने इक्यावन हजार पद नहीं देने पर बीजेपी को वोट ना देने की कसम दिखाई है बेरोजगार प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 11 वर्षों के बाद प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो रही है उसमें भी मात्र अठारह पद भरे जा रहे हैं आरक्षण के नियमों को दरकिनार करते हुए मनमाने ढंग से भर्ती की जा रही है मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा भर्ती दो में इंक्यावन हजार पदों की मात को लेकर के यहाँ पे आंदोलन चल रहा है नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन के हमारे साथ है कुछ लोग मौजूद हैं जो मैडम क्या मांग है आपकी सर हम लोगों की मांग है कि हमको इक्यावन हजार पद दिया जाए और 100 परसेंट बेटिंग दी जाए बेटिंग नहीं दी जाए 100 परसेंट हमारी भर्ती की जाए सर निकाले जाते हैं लेकिन यहाँ सब छुपा दिया जाता है जो शिवराज सरकार है ये सब छुपा देती है आप राजस्थान से सीखिए वहाँ पे इक्कीस हजार वेकेंसी दी है यूपी ऐसी सीखी है इक्यावन वैकेंसी दी है शिवराज मामा ने कुछ नहीं दिया है आप अभी बात कर रहे थे की जो समान पद है वो वितरित नहीं किए गए उसका क्या सर देखिए बैकलॉग के इन लोगों ने बोला था 18,527 पे ये भर्ती करेंगे लेकिन इन्होंने जो ट्राइवल है उसमें 10,000 वैकेंसी इन एसटी एस की निकाल दी है जो वैकेंसी नहीं बैकलॉग के पद है न्यू फ्रेश पद इन्हें अभी तक नहीं निकाले इन्होंने झूठ बोला है और लोगों को उल्लू बनाया है मतलब कई लोगों को यह लग रहा है कल उनने वैकेंसी फिर से निकाल दी है मतलब एक वैकेंसी निकाल दिए उनको ये लग रहा है कि बच्चा अब थम जाएगा तो ये नहीं होगा बच्चा समझ चुका है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है वो आगे आएगा और आगे आने वाला आंदोलन हमारा बहुत भारी होगा आपका क्या है नोकेंद्र गुर्जर क्या मांग हमारी मांग है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विगत पाँच साल से कोई वैकेंसी निकली या जब वैकेंसी निकल रही है तो उनको एक साथ में एक आ, काउंट करके जो क्या बन शिक्षकों की भर्ती निकली है जो लोग पहले से एग्जाम दिए हैं उनको क्लियर नहीं कर रहे हैं उनको इनके साथ मर्ज किया जाए उनको जो पहले से जो भर्ती हुई है उनको पहले भरा जाए और हंड्रेड परसेंट जो है उसको क्लियर किया जाए भर्ती निकाली जाती है उनके पद भरे जा रहे हैं क्या नहीं भरे जा रहे हैं। सिर्फ भर्ती निकाल कर कहीं कोर्ट में अटका देते हैं कहीं कहीं अटका देते हैं कहीं एग्जाम में पेपर लीक हो जाते हैं बस यही कहानी चल रहा है हकीकत में भर्ती कहीं नहीं हो रही क्या मांग है इक्यावन हजार शिक्षक पूरी सरकार सरकार इक्यावन के साथ शिक्षक भर्ती पूरी आप बच्चों को छोड़ करके यहाँ आंदोलन में शामिल बच्चों को छोड़ करके शामिल है ग्यारह साल के बाद शिक्षक भर्ती हो रही है है ना? और उसमें भी सरकार ने अठारह हजार पाँच सौ सत्ताईस पोस्ट निकाली एस ठीक है के। उनको और अधिक पता हुआ चाहिए पर जनरल वाले कहा जाए वो कहा जाए सरकार क्यों बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब बेटियों को कोई को अधिकारी नहीं है तो? युवाओं में जोश भी है और गुस्सा भी है सरकार जो पदे निकाल रही है पदों को लेकर जो भर्ती नहीं हो रही है उस पर लेकर गुस्सा भी है हमारे साथ है कुछ और महिला मुझे। मैं आपका नाम क्या सर मेरा नाम मदीहा है इक्यावन क्या हजार पोस्ट चाहिए प्राथमिक शिक्षक में अगर नहीं मिली तो क्या होगा फिर सर तो फिर तो सिर्फ कैंपेन ही होना है आगे शिवराज मामा को वोट नहीं देना है बस यही है तो अगर भर्ती नहीं होगी तो शिवराज सिंह चौहान यानी बीजेपी को वोट नहीं मिलने की चेतावनी भी दी जा रही है कुछ लोग और मौजूद है, है? आपकी हमारी डिमांड है इक्यावन हजार पद होना चाहिए अगर इक्यावन हजार पद नहीं होते तो मामा नहीं होंगे वैकेंसी निकाली नहीं जा रही है ना मामा सरकार की गलती है क्योंकि सरकार जिस रैली में जाती है उसमें सरकार को सोचना चाहिए और एक लाख भर्ती की घोषणा करती है मतलब कब ऐसी जब से सरकार बनी अब से बीजेपी की वेकेंसी नहीं आई यहाँ पर वो तो कांग्रेस ने जीती है प्राथमिक शिक्षक में मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक में 11 साल में भर्ती आती है जिसमें 18000 पद दिए जाते हैं उस 18000 पद में से दी 10000 पद एसटी को दिया जाते हैं जनरल ओबीसी के पास कुछ नहीं बचता है इसलिए हमारी मांग है की बढ़िया तीन में इक्यावन पदों पर भर्ती की जाए तो आप साफ तौर तो पर देख सकते हैं ये युवा हैं जो रोजगार की मांग कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा में इक्यावन हजार पदों की मांग कर रहे हैं बहुत डिमांड ये भी है कि लाखों पद खाली है उसके बावजूद भी वैकेंसी नहीं निकाली जाती वैकेंसी निकलती है तो उसके बाद भी उनको वैकेंसी के साथ पद नहीं दिए जाते पद में दिए जाते तो उसमें समानता करी जिसकी मांग लेकर ये सब लोग आंदोलन कर रहे हैं शर्मा दखन भोपाल बेरोजगार युवक प्राथमिक शिक्षक पद वृद्धि को लेकर लगातार अड़े हुए है उनका कहना है कि विभाग के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के एक लाख से अधिक पद रिक्त हैं इसके लिए उन्होंने लोक शिक्षण संचालनालय में ज्ञापन सौंपा है युवाओं ने मांग की है कि अगर भर्ती में पद नहीं बढ़ाए गए तो आगे वे बड़ा आंदोलन करेंगे इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की इस मौके पर युवतियों ने कहा कि अगर भर्ती नहीं हुई तो वे कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेंगी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसके परिणाम देखने को मिलेंगे नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले जो आज इक्यावन जो पद वृद्धि की मांग को लेकर हम लोग पूरे लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं और आज हमारा ज्ञापन देने का है और सरकार को ये चेतावनी आए हैं कि आज अगर ये इक्यावन पद ये सरकार नहीं करती इसमें पद तो एक महीने में मध्य प्रदेश का इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और मामा बेरोजगार होगा युवा बेरोजगार नहीं होगा इस बार इसलिए इक्यावन हज़ार पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं हंड्रेड परसेंट वेटिंग लिस्ट क्लियर करें ढाई लाख युवा क्वालीफाई हुआ है सवा लाख पद खाली वर्ग तीन में शिक्षक में आज बच्चे अपने परिवार को छोड़कर महिलाएँ या आई हैं है, अपना घर परिवार इतनी बुरी स्थिति है कि क्योंकि डाइवोर्स तक की कंडीशन आ गई है तीन युवा सुसाइड कर चुके हैं और फिर भी सरकार बेकूफ़ बना रही है ये इस तरह के बेकूफ़ नहीं बनाया जा सकता सरकार को काम करना पड़ेगा आपने बहुत लॉलीपॉप दे दिया लेकिन शिवराज सरकार को जागना पड़ेगा सीधे एक लाख जो ये जो इक्यावन हजार पर जल्द से जल्द भरे आज ज्ञापन दे रहे सीएम शिवराज को भी दे रहे यहाँ पर भी ज्ञापन दे रहे आगे बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला जो हम पहले ही कह चुके हैं दिसंबर में एक लाख वहीं इसको कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में बेरोजगार युवा और शिक्षक परेशान है मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है उन्होंने कहा जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो सीएम राय स्कूल बनाने का क्या फायदा सरकार सिर्फ रोजगार के झूठे वादे करती है देखिए मध्य प्रदेश में लगातार शिक्षक परेशान हैं शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें पदोन्नति दी जाए उन्हें उनके लिए रिक्त पद किए जाएँ परंतु रिक्त पद होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार ना तो उन्हें रोजगार दे रही है और ना उनकी मांगों को सुन रही है इसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो उन्होंने मांग की है कि यदि इक्यावन पद हमें नहीं दिए गए तो हम इस पर भाजपा को दो में हराने का शपथ लेते हैं तो इस तरीके की शपथ लेते हुए देखते हुए लगता है कि मंत्री जी जो जगह जगह सीएम राइस सी स्कूल खोल रहे हैं उन स्कूलों में पढ़ाने के लिए क्या इनके पास शिक्षक होंगे यदि शिक्षक ही उपलब्ध नहीं होंगे तो सीएम राइस सी स्कूल का क्या लेना देना और इसके पहले जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय से जो स्कूल बने हुए थे उनका जीर्णोद्धार करने की बात तो कभी की नहीं सीएम राइस सी स्कूल अलग से खोल रहे हैं और शिक्षकों को रोजगार नहीं दे रहे हैं तो ये किस तरीके की सरकार चला रहे हैं कैसा सिस्टम बनाकर रखा है और बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश में परेशान है पंद्रह महीनों की जब मानी कमलनाथ जी की सरकार बनी थी उन्होंने बेरोजगार युवाओं के लिए चार हजार रुपये का स्टाइफंड स्टार्ट किया था परंतु इन्होंने स्टाइफंड तक नहीं दिया है आज बेरोजगार परेशान हैं मध्य प्रदेश का शिक्षक वर्ग जो है लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है मुझे लगता है दो हजार में जब इनको सरकार से बेदखल करेंगे जब भी इनको समझ आएगी